क्या हमारी अर्थ की ही तरह कहीं और भी लाइफ एग्जिस्ट करती है क्या हम इस बड़े से यूनिवर्स में अकेले हैं? इस बात को जानने के लिए हर कोई एक्साइटेड रहता है और ऐसी ही डिस्कवरी के लिए नासा ने लॉन्च किया है अब तक का सबसे ज्यादा पावरफुल टेलीस्कोप इसका नाम जेम्स वेब है और इसे 25 दिसम्बर दो को लॉन्च किया गया था इसे अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचने में पूरा एक मंथ लगने वाला है जो अर्थ ऐसी लगभग वन मिलियन किलोमीटर दूरी पर है और इस प्लेस को लेग रेंज कहा जाता है और इस पॉइंट पर जो भी चीजें मौजूद हैं वो स्टेबल रहती हैं क्योंकि इस प्लेस पर ना ही अर्थ और ना ही सन की ग्रेविटी का कोई असर मिलता है और इस प्लेस को L2 भी कहा जाता है अब सवाल ये आता है कि जेम्स वेब को इतना दूर क्यों भेजा जा रहा है आइए जानते हैं यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट की हीट को मेजर करने के लिए जेम्स वेब को ठंडा रखना पड़ेगा अगर जेम्स वेब को अर्थ या मून के पास रखा गया तो यहाँ से निकलने वाली हीट मेजरमेंट में इंटरफेयर करेगी और जेम्स वेब के अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते ही सनशील्ड और मिरर्स को अनफोल्ड किया जाएगा और सबसे पहले इसे साइंस और कैलिब्रेशन की कुछ टेस्टिंग से गुजरना होगा और फिर लॉन्च के लगभग छह मंथ के बाद साइंस ऑपरेशन और उनकी कुछ इमेजेस नासा को भेजना स्टार्ट कर देगा वेब एक दिन में कम से कम सत्तावन जीबी रिकॉर्डेड डेटा को डाउनलिंक कर सकता है जिसकी मैक्सिमम स्पीड 28 एम पर सेकंड है वेब जीरो पॉइंट सिक्स माइक्रोमीटर लाइट की वेब को मेजर कर पाएगा और ऐसा करने के लिए इसमें कई अलग अलग, अलग इंस्ट्रूमेंट लगे है जैसे नीयर इन्फ्रा कैमरा जो कि 0.6 से फाइव माइक्रोमीटर की वेवलेंथ को मेजर करेगा और इसी तरह नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ जो कि जीरो पॉइंट सेवन ऐसी फाइव माइक्रोमीटर की वेवलेंथ को कवर करेगा मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट जो कि फाइव से ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव माइक्रोमीटर की वेवलेंथ और नियर इंफ्रारेड इमेजर एंड स्लाइटलेस स्पेक्टोग्राफ जो की जीरो पॉइंट सिक्स माइक्रोमीटर लाइट की वेब को मेजर करेगा इंफ्रा लाइट को हम अपनी आंखों ऐसी नहीं देख सकते और ये डार्क मैटर के अलावा सभी मैटर ऐसी एमिट होती रहती है इंफ्रारेड के यूज से यूनिवर्स को और भी ज्यादा डिटेल में देखा और ज्वाइंट ऑब्जेक्ट गैलेक्सी और एक्सोप्लेनेट की कंपोजिशन को और भी डिटेल में समझा जा सकता है वेब को टाइम मशीन भी कहा जाता है क्योंकि ये बिग बैंग के लगभग 400 मिलियन ईयर्स के बाद बनी गैलेक्सी को भी एब्जर्व कर पाएगा। आपको क्या लगता है कि हम एलियन लाइफ को डिस्कवर कर पाएंगे क्या जेम्स वेब हमारी क्यूरियोसिटी को नेक्स्ट लेवल आरोप ले जा पाएगा मे बी ये यूनिवर्स के बारे में हमारी सोच को बदल दे नासा ने ऐसा ही एक और मिशन लॉन्च करने का दावा किया है जिसका नाम लुअर मिशन है और इसमें यूज होने वाला टेलीस्कोप जेम्स वेब से भी ज्यादा पावरफुल होगा जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वाचिंग।